तो हेलो गाइस आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फिनविशे का नया अप्लीकेशन का अपडेट जहां पे आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से ये अप्लीकेशन और भी मॉडिफाई हुआ है कितना कंफर्टेबल है और इसके कुछ ऐसे फीचर्स जो इसके पहले के वर्ज़न में नहीं थे या कंफर्टेबल हो गया है दोनों चीज़ें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मार्केट वॉच देखेंगे डिफ़ॉल्ट मार्केट वॉच होती है कि आपने कौन से स्टॉक पिकअप किए हैं और क्या बाई किया है उसकी एक डिफॉल्ट मार्केट वॉच मतलब उसमें वो स्टॉक ऑलरेडी होता है उसके अलावा जो आप मार्केट लिस्ट बनाई होगी वो और एक होती है इंडेक्स और यहाँ पर अगर आप जाएँगे इन तीन लाइन्स पर तो आपको स्विच व्यू देखेगा जहाँ पर आप इस तरह का व्यू देख सकते हो जिसे हम हिट लिस्ट कहते हैं यहाँ पे आपको कौन डाउन गया है कौन अप गया है वो इन डायरेक्टली कलर्स के हिसाब से आपको पता चल जाएगा जैसे यहाँ पे इंडेक्स जो भी नेगेटिव में मतलब उसकी वॉलेटिलिटी आज कम थी निफ्टी 50 जो कि बहुत अच्छा ग्रो हुआ है उसके अलावा निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी जैसे हो गए निफ्टी आई निफ्टी बैंक सारा मैगजिम जो अभी तक का स्टॉक है वो अच्छे से ग्रो हो रहा है उसके अलावा बी हो गया एम हो गया उसके अलावा यहाँ पे आप एल भी देख सकते हैं मतलब लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस कौन सा स्क्रिप्ट नेम्स और परसेंटेज चेंजेस मतलब वो उस तरीके से कस्टमाइज हो जाती हैं तो मैं एल पे पी रखूँगा या शायद स्क्रिप्ट नेम पे जो डिफ़ॉल्ट थी कुछ अलर्ट्स आए थे कुछ पेंडिंग आए थे नहीं उसके बाद आता है ऑर्डर ऑर्डर में आपके कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग होंगे जो आपने बाई आउट सेल किया एग्जीक्यूट कितने हुए टी कितने हैं बास्केट्स में कितने हैं एस है क्या है कुछ नहीं है पोर्टफोलियो जो आपने बाय करके रखी या होल्डिंग पर रखे हैं तो मैंने होल्डिंग पे एक बस हेंडाल को रखा है उसके अलावा यहाँ पर ई डी हैं जहाँ से आप जाके अपनी अपना अगर आपको बेचना हो तो उसके लिए एक पिन जनरेट होगा और उस पिन को एंटर करने के बाद ही आपके शेयर्स बेच जाएंगे तो इसके अलावा ये मेरी आईडी है यहाँ पे फंड्स डार्क थीम जैसे लाइक मुझे डार्क पसंद हो तो मैं इस तरह से रख सकता हूँ या मुझे लाइट पसंद हो तो मैं इस तरह से रख सकता हूँ नो प्रॉब्लम इसके अलावा पासवर्ड चेंज सेट एम पिन मतलब पासवर्ड की तरह ही आता है यूज़र प्रेफरेंस आपको अगर फॉन्ट साइज़ स्मॉल चाहिए तो स्मॉल रखिए लार्ज है, लार्ज रखिए इनका एक टिपिकल चार्ट है और ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है हम देखेंगे ऑर्डर प्रेफरेंस आपको क्या रखना है अगर आर ऑर्डर टाइप मार्केट नहीं चाहिए आप इससे चेंज भी कर सकते हैं लिमिट स्टॉप लॉस कुछ भी आपको डिलीवरी में चाहिए और ऑर्डर ब्रैकेट ऑर्डर लगाना हो या इंटर लगाना हो उसके लिए भी है मुझे तो कैश मार्केट में ही ट्रेडिंग करना पसंद है उसके अलावा मोर इसमें आप काफ़ी सारे जनरल स्टडीज़ और स्कैनर्स और न्यूज़ के बारे में जान सकते हैं कि नेक्स्ट आईपीओ कौन कौन सा आने वाला है उसके बारे में कुछ डिटेल्स होती हैं जैसे अभी रेडिगेन नाम का एक आई आएगा जो सेवन से ले कर तक रहेगा उसके अलावा एक्सचेंजेंट ने कुछ मैसेज भेजे होंगे आज मार्केट ओपन है आज मार्केट क्लोज है ठीक है ये क्या हो रहा है पता नहीं बट रेजिस्टेंस सपोर्ट अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो कौन सा रेजिस्टेंस कितना रेजिस्टेंस पे मतलब उस वॉलेटिलिटी पे फ्लक्चुएट क्या रहेगा आज का मार्केट उस पर्टिकुलर स्टॉक में हम निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक्स की अगर बात करें तो okay, कि इसका कुछ भी डाटा नहीं है सच एम्बैलेंस थी इंफॉमी बट अगर मैं ए पे जाता हूं तो मुझे काफ़ी सारी कंपनीज की डिटेल्स मिल रही है मैं अगर आपसे एक अच्छी सी कंपनी अगर हम देखें तो चलिए महिंद्रा एंड महिंद्रा इक्विटी इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स के बारे में हम जानेंगे कि इसका रेजिस्टेंस कितना है इसका सपोर्ट कितना है इसका रेजिस्टेंस देखिए सपोर्ट यहाँ पर दिखा रहा है डायरेक्टली जो वेटी गुड मुझे बस निफ्टी फिफ्टी के चाहिए थे और इसकी डिटेल्स अभी तक इन्होंने अपडेट नहीं किए हैं जो कि अच्छी बात नहीं है उसके अलावा यूजियल पोटेंशियल और आपको सच में देखना चाहिए जो है इसका और टॉप लूजर और टॉप गेनर जो यहाँ देखेंगे आपको इसके अलावा ये शॉर्ट और वीक कौन से हैं राइसॉल एंड वन जिसकी प्राइस वॉल्यूम के हिसाब से काफ़ी अप गई हैं और काफ़ी डाउन गए हैं उनके बारे में भी यहाँ पे काफ़ी सारी लिस्ट हैं शायद से मुझे इसमें डालना होगा अपने लिस्ट के अकॉर्डिंग्स मुझे वो देखना पड़ेगा पर ठीक है ये हो गई मोर की आईपीओ हो गया मार्केट मोवस टॉप गेनर्स कौन हैं, टॉप लूजर्स कौन है आज के एक्टिव बाय वॉलू मतलब कितना ट्रेडेड हुआ है आज मतलब वॉलेटिविटी कितनी कितनी कौन से स्टॉक में उसके बारे में और इसी के साथ आपको इसके अंदर जस्ट लाइक मैं एक स्टॉक अपने हिसाब से सिलेक्ट करता हूँ एस ऑफ माय फेवरेट। इसमें आप देख सकते हैं जो आपका बायर और सेलर की एक्जीक्यूटिंग लिस्ट है वो दिखा रही है पांच अमाउंट्स तक तो इसके अलावा इसमें ओपन हाँ ओपन कब हुआ कितने पे क्लोज हुआ वो सारी डिटेल्स आपको बताई जा रही हैं उसके अलावा इसके फ्यूचर मतलब डेरिवेटिव मार्केट उसके अलावा एक्सपायरी मतलब ये सारी ऑप्शन चेंज दी गई है यहाँ पे कॉल आउटपुट की जब सपोज मुझे लगता है कि ये डाउन जाएगा और अभी की एलटीपी है सेवन फोर सेवेंटी सिक्स तो मैं फोर सेवेंटी का पुट लेना चाहूँगा या कॉल लेना चाहूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं एसबीआई बी आई थर्टी डिसम्बर सी ट्वेंटी वन तो ये एफ है और यहाँ पे Put, यहाँ पे कॉल और ये है उसकी एलटीपी टी अगर बाय करना हो और मार्केट ऑर्डर करना हो तो मैं यहाँ से ऐसे कर सकता हूँ वेरी इजी उसके अलावा चार्ट ये बड़ी काम की चीज होती है और ये ट्रेडिंग व्यू ऐप का एक चार्ट यहाँ पे इन्होंने दिया है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे इसमें काफी सारे फीचर्स अगर आप देखोगे तो बट मुझे तो मुझे वॉल्यूम कैंडल वाला ही पसंद है मैं यहाँ पे वॉल्यूम टाइप करता हूँ तो आता है क्या वॉल्यूम प्राइस ट्रेंड देखते चार्ट्स में क्या है आपके मतलब इस टाइम पे आने के बाद आपको बाई करना है सेल करना है उसके लिए ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं आप इस तरह से राइट स्वाइप और इसके जो स और निफ्टी की जो अपर पार्ट है वो भी आप इसमें रख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा आपको इसके फंडामेंटल्स और बैलेंस शीट के बारे में भी काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाएंगी इसमें रिजल्ट्स क्या आए हैं बैलेंस शीट कैसी है प्रॉफ़िट और लॉस कैसा है और ये सब आपको एक एप्लीकेशन में मिल जाएगा जो मुझे नहीं लगता कि बाकी सारे एप्लीकेशन्स इस तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड करते होंगे तो आज के लिए बस इतना ही आप तो बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और इस ऐप के बारे में आपको और कुछ जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ सर्च कीजिए गूगल पे ब्रॉस कीजिए डॉट आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी थैंक यू